आग है नशा है तेरी जवानी सबसे ज्यादा है जी करता है इस में निपट जाऊं खो के अपना सब कुछ गुस्सा हो जाऊं खो के अपना सब कुछ गुस्सा हो